के पंद्रह साल का हूम मैं अभी से दौड़ मारनी शुरू कर दिए के पंद्रह साल का हूम मैं अभी से दौड़ मारनी शुरू कर दिए और जिस दिन तुम ये ब्रोकन वाले स्टेटस लगाओगे ना उस दिन मेरा बापू भी घर से बोलेगा मेरे बेटे के सीने में वर्दी है